और उन्होंने जब भी जैसा इस आरंभ कर दिया कहते हैं कि हर एक आदमी आता स्वर्ण को चुन लेते हुए चुन लेते हुए उन्होंने कहा कि किसकी जी का चमत्कार है लोग आने लगे आने लगे लोग और उन्होंने एक एक आदमी को एक एक ग्लाउज पीसोत्र पढ़ते हुए दिया और वहां इतनी भीड़ जम गई कि महाराज बोलो आप क्या करना है जिस को जो स्वर्ण वर्षा करवा सकता, कुछ भी कर सकता बोलो हमें क्या करना है उन्होंने कहा बताता हूँ वही राज्य विजयनगर साम्राज्य श्री कृष्णदेव राय का हरिहर साम्राज्य हम था जो आज किस्टिता के नाम से जाना जाता है और उसके स्थापित करने वाले का नाम विद्यानंद स्वामी था विद्यानंद स्वामी ने स्वर्ण वर्षा करवाई थी और उसी तरह एक के पार्ट से उन्होंने राज्य की की स्थापना थी और वहां जो श्री शरा पीठ था उत्तराध्य मठ जोशी मठ था जगन्नाथ का मठ था और यहाँ द्वारकाधीश् पर चारों भारत के चार तो सब लोग कहने लगे की अगर कल आकर हमें खुश है कि आप ही स्वर्ण रक्षा करवाओ तो हमारी गति क्या होगी हम ऐसा करते हैं उसको अपने में मिला लेते हैं उनको विद्यारायण सामी को कहा कि तुमने जो है क्योंकि इससे पहले जो पीठाधी थे वो मुझे अच्छी तरह हमारे घर पर भी आते थे उन्होंने चिकमूर के पास एक भुवने बहुत बड़े बाहर पर माता की की की स्थापना स्थापना थी उस में मैं भी था ये बहुत साल के पीछे की बात है तो उन्हें देवी की थी। है कि उन्होंने बताया था कि हमारे पीढ़ी में एक बार वह यहाँ गोन्द से एक महाराज आए थे जो भुवनेश्वरी के ज्ञाता थे और वो ढूंढ रहे थे भुवनेश्वरी की साधना कैसे करनी चाहिए और उन्होंने जब विद्यार्थियों के उस पीठ पर आया था विरूपक्ष स्वामी का मठ है का बहुत तो, की की <coughs> तो वहां ने के ताड़पतर ग्रंथ निकालने के बाद उस संसना विधि को बतकाया गया और उसको बतकाया गया जिस स्त्रोत्र के कारण उनने एक विशेष राज्य की स्थापना की थी और करने के बाद मुझे ये तो पता नहीं था लेकिन जो आज बैठे हैं महाराज है स्वामी जी है, से जीठादी के उन्होंने कहाखा सूखा है वहाँ कुछ भी नहीं रहता यहाँ लोग भी नहीं है मैं ये राज्य की स्थापना करना चाहता हूँ अगर तुम मेरे साथ आएगी तो मैं वहां भी अच्छे राज्य की स्थापना करूँगा तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे साथ आए उनकी अपर शक्ति और नहीं देख, नहीं तो बहुत दूर तक तो तो आए घोड़े पे लेकिन उन्होंने यहाँ गोदल में आने के बाद देखा माता जी मेरे पीछे आ रही है या नहीं आ रही है और उन्होंने जैसा ही पलट के देखा माता कहा मैं यहाँ रुक जाती हूँ और वो यहाँ रुकी और वही विद्या स्वामी का गोदल का शक्तिपीठ हम्पी स्वामी ने बया बताया था कि वो यहाँ स्थापना तब से आई थी। जिस को आज मैंने निर्णय किया था कि हम एक गोंदल में शिविर बनाएंगे उसके साथ साथ जो स्त्रोत्र जिस विधान को बताया गया था उस विधान को हम यहाँ संपन्न कर माता की कृपा को प्राप्त करेंगे क्योंकि इससे पीछे मेरा एक स्वार्थ था वो ये कि मैं केंद्र में भी एक बहुत बड़ी भी की मूर्ति और स्थापना का मंदिर बनाना चाहता हूँ उसके माँ उस पर कृपा करें और उस दोस्त का जो तो के बता रहा था उसकी मैं आपसे आज करवाता हूँ कल खटगमाना करवाता हूँ और हो सके तो कल या बरसों भवन करवाता हूँ जो एक करोड़ जब हुआ है तो सभी तो से निवेदन है कि हम पहले भुवनेश्वरी माता का माता की पूजा करेंगे उसके बाद जितने भी है, अपने हाथ में सोलह फूल रख लो मैं उदय महाराज से पहले पढ़वाता उसके बाद आप उस का पाठ अगर आज स्त्रोत्र तो के पाठ से आपको उस दिव्य देवता के अनुभव देवता की अनुभूति होगी और एक विशेष मंत्र है जो इससे पहले महाराज ने किया था जो भुवनेश्वरी माता की कृपा से केवल उसका 21 21 जप करना है है और और वो मैं कल आज का विधान किस प्रकार की की पूजा करनी चाहिए और माता स्थापना मैंने के साथ की है। सभी जो है अगर यहाँ के आयोजक कहते हैं तो सभी स्त्रियों के हाथ में सोलह सोलह फूल स्त्रोत्र तो का पाठ होगा उसके बाद माता को भूप दिप निविध से इत्रे में स्त्रिया पात्र, पात्र हो सके तो अगर गड़बड़ नहीं करते हैं आप शांति चिन्ह से आते हैं तो सभी को यंत्र फूल चढ़ाने का मौका पहले स्त्रोत्र पाठ होगा यहाँ के आयोजन कहना स्त्रियाँ जितनी भी है वो सब लोग सोलह सोलह फूल अपने हाथ में ले लें इसके बाद पूजा और स्त्रोत्र का पाठ सम्पन्न होगा